है सहल वक्त का दरिया दूर तलक नज़र आएगा कमौ से भरी धूप की आंच में सिर्फ एक परिंदा रह जाएगा डाली पे बसे फूलों की भांति ये वक्त भी बदल जाएगा गुजरे मौसम में अपनी एक महक भरी याद को छोड़ जाएगा छाँव के इस इंतज़ार को कोई फिर से याद दिलाएगा होगा वो कोई अनजाना या बिगाना जो इस रीत को दोहराएगा